भाई कहीं लेके चलो ना बहुत भूख लगी है चल ना पोचिंग की मस्त चिकन डिनर करते लोग यहां है पर बचने वाले पारा हो जाओ सारे साइड अब पाप है पधारा मैं फाड़ दूंगा गाड़ दूंगा सबको उखाड़ दूंगा स्कूप लेके दूर ऐसी ही मार गा कोई हेलमेट ना चेस्ट पे पेना बेस्ट लगा तू सबकी वाट एंड आई एम द बेस्ट दू तुम बेस्ट मैं शेर मैं करता सबको ढेर तोड़ फाड़ मेरी स्कॉर्ड पूरा मैप लिया मैंने घेर हे है हे गन हे ए डब्ल्यू एम स्नाइपर में बेल देता सबको जब होता हूँ मैं हाइपर अब करना है अटैक है लेवल थ्री का पैक पैक में पागल हूँ लगा दो जितना तुम सारे में काफी अकेला हो लगा दो जितना तुम सारे में काफी अकेला हो हो लगा दो जितना तुम सारे सारे में में काफी काफी अकेला अकेला मेरे दोस्तों को तूने मार दिया जिन भाइयों को मैंने प्यार दिया में साइड में वो करते ड्राइव जो देते मुझे रिवाइव अब नहीं वो मेरे एक राइफल मेरे हाथ में जिसकी मैगजीन पूरी फुल है दिमाग मेरा अबगुल है मेरे बदले की ये चुल है दिमाग मेरा अबगुल है मेरे बदले की ये चुल्ह है दिमाग मेरा अबगुल है मेरे बदले की ये चुल्ह है मेरे बदले की ये चुल्ह है ब्लू जोन का मुझको डर नहीं ये मैप मेरा कोई घर नहीं ये जंग है सब तंग है रेड जोन का कोई असर नहीं खबर नहीं ए की क्योंकि बंदूक मेरी टॉप की देखो सिचुएशन क्या है मैं सिंगल सामने स्कॉड है वो चार है बट वो रहे मैं लड़ने को तैयार है बंदूक मेरी बोले बूम बूम फिर तीनों को मारा घूम घूम अब बचा है सिर्फ एक ऐसा जिसने मारा मेरी टीम को मेरे सर को उसने दिया खुद और तोड़ा मेरे ड्रीम को नाच कंडीनर ना बना विनर सब बोले प्राशिज मुकिन नेक्स्ट टाइम मैं फाड़ दूंगा खुद को करूँगा प्रूफ लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं फाड़ दूंगा खुद को करूँगा लेकिन प्रस्ट टाइम मैं पाड़ दूंगा खुद को करूंगा प्रू जो नूब होते है वही खूब होते और जो ट्राई करते हैं वही फ्राई करके खाते हैं चिकन डिनर